हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में और अभी समय हो रहा है ग्यारह बज के मिनट तो हम कुछ कृष्ण कथा पे चर्चा करेंगे बिकॉज आज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है तो पहले मंगलाचरण करते हैं ओम अज्ञानतिरांध्य ज्ञानंजनाशलाकक्षुरा मिलता ये, ये स्री स्री न तस्म श्रीगुरव नम श्री चैतन्य मनोभ स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा दधापाक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतापल श्रीगुरोन वैष्णवांश्रीप साग्र जा सक रघुनाथ सजीव सा सवधूतम पर्जन सहित कृष्ण चैतन्यी राधा कृष्ण पादान सहगढ़ ललिता श्री विशाच हे कृष्ण कुण दीन बंदो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्त तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभासुते दी हरि हरीप्रे वंचाकतू कृपा सिंधुभ्य च पतिता पावने्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतनिया प्रभु निनंद श्री अद्वेत गाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा, हरे राम हरे राम राम हरे हरे रामा राम भद्राया द्रा रामचंद्रा वेदे रघुनाथा नाथा सीतायले नमः नमो विष्णु पा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामीना नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे दे। निर्शेषून्यवादी देश काम हरे दे। कृष्णा ओ नमो भगवते नमो भगवते नारायणं वासुदेवासुदेवाय नारायण नमस्कृत सरस्वती में उ हरे कृष्णा ठीक है एक सेकंड एक भजन कहाँ है कौन है बाहर अभी ठीक है तो हम वो जो चैप्टर हमारा अधूरा था वो हम पढ़ते हैं तो वासुदेव ने भगवान की स्तुति करी थी कि जब भगवान प्रकट हो गए थे तो वो डर भी रहे थे कि कंस भयभीत थे लेकिन भगवान जब आए तो उनका भय चला गया था और जब भगवान आते हैं तो जो बेकार समय भी होता है वो भी आनंद से भरा हुआ बन जाता है तो भगवान ने उसमें दिखाया कि किस तरीके से उनका जो पेड़ थे वो फूलों से सुशोभित हो गए थे और जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करने लगे फूल थे वो खिल उठे थे ठीक है नदियां थी वो भरपूर चल रही थी तो बहुत सारी वेरायटी है जो की शुभ लक्षण दिखा रहे थे तो ऐसा चल रहा था तो उसके बाद फिर भगवान की उन्होंने स्तुति करी जिसमें बताया कि आप ही परम कारण हैं सारे पांच पंच तत्व हैं सोलह तत्व हैं सारा कुछ ऐसे बताया अब फिर देवकी की बारी आई क्योंकि देवकी भी तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे तो उसके बाद फिर नंद के आनंद भाई करता वो गायेंगे ठीक है ओके तो यहां से पढ़ते वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी देवकी ने कहा हे hey, प्रभु वैदिक साहित्य में आपके अनेक शासत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है नारायण राम शीर्ष वरा नरसिंह वामन बलदेव तथा विष्णु से उद्बुद्ध ऐसे लाखों अवतार हैं तब कोई कहे कि 24 अवतार है चौबीस अवतार नहीं लाखों अवतार है लेकिन चौबीस प्रमुख है जिनका बताया है लेकिन है बता अवतारों के सभी से, से उपस्थित था जब ये जगत उपस्थित नहीं था जब ये जगत उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी भगवान थे और तब भी भगवान का स्वरूप था आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति से पहले उपस्थित था आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी है विश्व स्व तेजोमय अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं तीन चीजें बता रहे हैं आप पे सर्वव्यापी है यानी सब जगह भगवान है स्व तेजोमय मतलब खुद से तेज है हमें खुद से तेज तो नहीं हम तो बल्ब की शरण में जाना पड़ता है तब रोशनी होती है नहीं तो अगर बल्ब बुझा देंगे तो फिर रोशनी नहीं होगी भगवान स्व प्रकाशित है मतलब स्वयं तेज है उनके पास है। और अपरिवर्तनी है हम परिवर्तित होते हैं छोटे हैं फिर बड़े होते हैं फिर बूढ़े होते हैं मर जाते हैं होता है ऐसा कौन लोग एक्सपायर हो रहे हैं देख रहे हैं ना आस पड़ोस में लेकिन क्या हमने तभी कभी भी ये सोचा कि हम मरेंगे हम, हम अभी नहीं मरेंगे मतलब कहने का क्या है हम अभी नहीं मरेंगे मरेंगे लेकिन अभी नहीं मरेंगे अभी नहीं मरेंगे और सोचते हैं कि हम कुछ स्पेशल कुछ अलग हैं हमारी मृत्यु थोड़ी हो सकती है हम तो बुढ़ापा तक तो अभी कभी तो जिमेंगे ऐसा ही लगता है ना तो हर इंसान को ऐसे ही लगता है लेकिन एकदम काल आता है और चुटकी भर एकदम सब कुछ फिनिश हो जाता है उसका जो कुछ जोड़ा बचाया कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है तो इसलिए भगवान अपरिवर्तनीय अप है और भौतिक गुणों से अकुलषित है हम भौतिक गुणों के भौतिक गुणों में बद है दूषित हैं उसी में लगे पड़े हैं भौतिक गुणों से रजो तमो से भगवान इससे परे हैं ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय है तो ऐसा भगवान का शाश्वत रूप क्या है ज्ञानमय है आनंदमय है हम ज्ञानमय नहीं है हम सारा कुछ तो नहीं जानते हम आनंद भी कहा है दुखी होते रहते हैं वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं स्वतंत्र है मैं जानती हूं कि आप परमेश्वर विष्णु है ये ही नहीं बोला आप परमेश्वर कृष्ण है, रुष्ण है। रुष्ण है, है, विष्णु लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का का अंत होता ये ये तो तो पता पढ़ा था। तो दृश्य जगत विलय हो जाता है। उस समय प्रवेश कर जाते हैं महत्वत्व को अहंकार भी बोलते हैं प्रवेश कर जाते हैं कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है फिर भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में प्रधान में। प्रवेश में करता है और प्रधान आप में प्रवेश करता है में। में आते जगत के सहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम रूप गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाते हैं एक कथा सुनी थी मैंने तो वो बता रहे थे कि एक बार पृथ्वी देवी जब वरा वरा थे कौन से अवतार में आए थे वरा में आए थे पृथ्वी को बचाया था जो ब्रह्मा के वा थे ना हाँ तो वरा जब पृथ्वी को लेकर आकर पृथ्वी बोल रही थी कि कि इस समुद्र में मुझे तुम तो कौन से कोने में स्थापित करोगे क्योंकि मान लो पूरा समुद्र ही है ना पूरा तुम तो पूरा जल से भरा हुआ है अब वहां पर कोई पृथ्वी करनी है कोई एक कोने में तो कहाँ स्थापित करेंगे आप तो वरा जी कहते हैं कि मैं वहां आपको स्थापित करूंगा जहाँ पे पेड़ पौधे हों वनस्पति हो पेड़ पौधे हो तो पृथ्वी हंसने लगी सोच रही क्या पृथ्वी तो मैं हूँ ना मैं जाऊंगी तब मुझसे तो, तो पेड़ हेड़ सब उगेंगे ना बाकी सब तो पानी पानी है तो पेड़ कहाँ उग सकते हैं मैं तो मैं तो आपके पास हूँ ऐसा आप कौन सा जगह देख सकता है जहाँ पेड़ उग रहे हो तो क्योंकि पेड़ तो पृथ्वी उगते हैं पृथ्वी तो मैं स्वयं हूँ तो मुझे तो खुद बोल रही मुझे स्थापित करूं तो वो चलती जाती है कि देखते जाती है जहाँ पेड़ होंगे मैं मां स्थापित करेंगे तो ऊपर से निकलते हैं तो कहाँ निकलते हैं वृंदावन से तो देखिये वृंदावन में पेड़ सब कुछ है पृथ्वी अचानक मतलब वो हो गई कि ऐसे कैसे मतलब मैं तो यहाँ हूँ तो जब मैं नहीं होती तब तो, तो पानी भरा रहता सब जगह कुछ होता ही नहीं तो ये पेड़ कैसे आ गए मतलब कहाँ से आ गए तो बोलते हैं ये भगवान का स्वधाम है वृंदावन यहाँ सब कुछ होता है आपकी जगह तो नहीं मतलब ऐसा नहीं आप होंगे तो ही पेड़ होंगे वहां तो सब कुछ स्वय है तो सबका नाश हो जाता है वृंदावन धाम जगन्नाथपुरी धाम ये इनका नाश मिल होता ये हमेशा रहते ठीक है कहाँ पे थे हाँ आता संपूर्ण दृश्य जगत के सहार के पश्चात केवल आपका दिव्य पढ़ लिया हे प्रभु मैं आपको साधारण नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक के परम आगार हैं हे है स्वामी सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ से इति तक कालाधीन है सभी आपके निर्देश में कार्य करते हैं आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार है आता आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्र के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाए कृपा करके मुझे इस भयावह भय स्थिति से उबारें क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं कहां तो रहते हैं अब भगवान बोलेंगे अब भगवान भी तो कुछ बोलेंगे ना दोनों ने बोल लिया वासुदेव देवी के भगवान बोल रहे हैं भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवदगीता में अर्जुन को शाश्वत करते करते हुए की है तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता और वैसे भगवान भक्त की पराधीन रहते हैं और कहते हैं कि आप मतलब ऐलान कर दो और से बोलते नाश नहीं होता क्यों ऐसा बोल रहे मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता पांच छह लाइन ऊपर क्यों नहीं बोला अभी ऐसे दिन यही क्यों बोल रहे हैं देव की बोल रही है ना कि मुझे उस शत्रु उससे जो कंस है उससे मेरे भाई से मुझे बचाओ भगवान कह रहे हैं कि मैंने गीता में भी कहा ना कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता तो भक्त है ना तो नाश हो ही नहीं, नहीं तो फिर है। कह रहे हैं इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल व्यक्त किया मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यता ऋषिगण ध्यान में करते हैं किन्तु मैं अभी भी डर रही हूँ कि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है ऐसा क्यों कि देव की पता भी है ये भगवान विष्णु हैं और ये भी कह रही हैं कि मैं डर रही हूं दोनों दोनों दो दो बातें क्यों बोल रही है? बता? एक तो भगवान विष्णु बोल रही है देवकी को आप ही परम भगवान हो और एक तो डर भी रही है क्यों कौन सा मारना दे आपको भगवान है तो कैसे मार दे मां, मां क्यों बोलती है ये तो पूछ प्रेम प्रेम तो भाई भाई बहन बहन में में भी भी होता है। तो होता है। एक ही हीसल्य के भाव से जब माँ वात्सल होता है ना तो भले ही लड़का भगवान हो कुछ भी हो उसे डर लगेगा ही लगेगा जैसे बादशल होगा खूब बड़े हो गए तुम लेकिन जाओगे तब भी डर चिंता लगेगी लगेगी वो वात्सल के कारण होता है ठीक है तो आपको हानि पहुंचा सकता है अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक शिशु से ओझल हो जाओ चले जाओ आप दिखाई मत दो यहाँ पे चले जाओ आप यहाँ से नहीं वो आके मार देगा आपको और आप तुरंत ये जो चार चतुर्भुजी रूप धारण कर रखा है इसको त्याग दो और दुर्भुज रूप में सामान्य बालक में आ जाओ इस तरीके से नहीं तो देखे तुरंत मार देगा वो इस तरीके से तो कहेंगे आगे दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की एक सामान्य बालक का रूप धारण कर ले आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कन से भयभीत हूँ हे मधुसूदन हो सकता है कंस की आ, कंस की कंस को पता ना लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को जिसमें आप विष्णु के चार चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं छिपा लें हे प्रभु आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे घर में प्रकट हुए हैं मुझे आश्चर्य कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापो का अनुकरण करते हैं देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया हे माता स्वयं मनु स्वयं अभी व्यवस्थ मनु चल रहा है स्वयंभु मनु पीछे था पांच चतुर्युग पीछे था चौबीस व या तेईस व्यवस्थ मनु चल रहा है यह स्वयं मनु की कहानी है तो स्वयं स्वयं भवु भुव मनु के कल्प में मेरे पिता वासुदेव एक प्रजापति के रूप में थे मेरे पिता वासुदेव मतलब विष्णु कह रहे हैं कि अभी मेरे जो पिता वासुदेव है आप उनकी पत्नी थी प्रश्नि प्रश्नि सुतुपा प्रश्न थी उस समय ब्रह्मा की प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया आपने अपनी इंद्रियों को बशम करते हुए कठोर तपस्या की योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा वायु धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभाव पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिर गई मतलब नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रही तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्रदाप्त करने के लिए मेरी पूजा की तो तो हरे कृष्णा बड़ी तपस्या है अरे पत्ते छोड़ो तुम चौबीस घंटा खड़े ही नहीं हो तो पाएंगे तो पत्ते कहा आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार बारह इकाई ढाई सैकड़ हजार बारह हजार वर्षो तक कठोर तपस्या की उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ तो हे निष्पाप माता आते आपका अंत ही विशुद्ध है। उस समय भी आपके समझ उसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वंचित वर मांगने के लिए कहा था तो ऐसे में क्या मांगना चाहिए विष्णु आ गए अब ऐसा माला -माल कर दो बस पूरे लाइफ मुझे दुख ना आए माला कर दो उसके बाद में आपके धाम आ जाऊँ मांग सकते हैं और दे देंगे ठीक है तुम खूब इंजॉय करो भोग भोगो फिर तुम मेरे धाम आ जाओ मांग सकते हैं। हाँ मतलब कि आखिर मतलब भोग मांगनी नहीं चाहिए लेकिन धाम भी मिल जाएगा बाद में भोगने के बाद अगर है लेकिन उन्होंने क्या मांगा उन्होंने ये मांगा कि उस समय आपने चाह था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म दू उन्होंने कोई धाम नहीं मांगा मुफ्ती नहीं मांगी कुछ नहीं मांगा बस आप मेरे पुत्र मेरे घर पुत्र रूप में आए पुत्र रूप में जन्म आपने मेरा यद्यक्षात दर्शन किया था आपने मेरी माया के के कारण व्यापक भाव अंदन से पूर्ण मुक्ति ना मांग कर मुझे अपने पुत्र रूप में मांग था। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नि तथा सतुपा को अपने माता पिता के रूप में चुना जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है तो अब यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि अरे इन्होंने जन्म लिया माता पिता थे माता पिता की आवश्यकता इसलिए होती है कि एग्जांपल देने के लिए माता पिता तो करने पड़ेंगे ना जन्म ले रहे हैं तो माता पिता को तो भी बनाना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो सच के माता पिता हैं एक्चुअली वो बस बनाए हैं मतलब कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना एक तो नाटक की तरह बनाए हुए हैं लेकिन उनका माता पिता नहीं आदि पिता आदि माता आदि भूत सब कुछ भगवान ही और क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र मांगा था तो जन्म लेके आना पड़ेगा ना मान लो कि तपस्या तो कर ले भगवान पर आप फिर तो माँ बाप स्वीकार करने पड़ेंगे ना ठीक तो तो है चुना इसलिए प्रश्न तथा शतुपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी की भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है इसलिए भक्त मुक्ति नहीं मानते मुक्ति भुक्ति कामी सकला शांत कृष्ण भक्त शांत शांत ऐसे करके कुछ आते है, हैं भगवान चाहते तो को अगर किसी भक्त का मान लो कि भक्त है कोई फिर भी उसका जन्म हो रहा है तो भगवान अभी नहीं चाहते कि तुम वो कराओ भगवान चाहते हैं कि तुम प्रीचिंग करो भक्ति फैलाओ तो इसलिए रखते हैं इस जगत में कल सर कहा गया जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके तथा सतुपा दोनों उत्पन्न कर सके काल क्रम में प्रश्न गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया क्या नाम था उस शिशु का कोई नहीं बता पाएगा कुछ अलग ही भगवान ने वासुदेव तथा देवकी से कहा उस समय मेरा नाम प्रश्निगर्भ था अगले कल्प में आपने अतिथि तथा कश्यप के रूप में जन्म दिया तो पिछले जन्म में वो क्या थे आ... क्या हाँ, थे थे पिछले जन्म में तो वही ना प्रश्न और सतुपा उस टाइम पे क्या दिया, को दिया? को। फिर काल में क्या बने? कल्प में... कल... काल नहीं, नहीं जन्म हो गया बने कल्प पूरा निकल गया ब्रह्मा का उसमें अदिति तथा कश्यप कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब में उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना उस समय मेरा एक बौने जैसा था मतलब वामन वामन भगवान भगवान आए जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार में देवकी तथा वासुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि आपको विश्वास दिला सकू कि उसी की उसी भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था किंतु तब आपको विश्वास ना होता कि आपके घर में से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है तो हे मेरे माता पिता इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कर्तव्य है मैं विश्वास दिलाता चिंतित हैं और कन से भयभीत हैं अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी भी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दें वहां जाके वो योग माया है अपने माता पिता की इस प्रकार कहकर इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए मतलब बस चुप हो गए तो भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी वह योगमाया थी अर्थात वह भगवान की अंतरंग शक्ति थी तो इस योगमाया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लो श्रृंखलाओं से जो बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए रात अत्यंत देरी थी किंतु जो ही वासुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा माना का हो तो के तुल्य तो भी कृष्ण रहते वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती जब कृष्ण को वासुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया कारागर के सारे द्वार सतक खुल गए साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी जब वासुदेव वासुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वासुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए तो देखते हैं भगवान ऊपर जो भी छतरा होता है, चाता या जो भी वो सब है? तो इसीलिए उनका आदर करना चाहिए हाँ, मैं है, फिर तो वासुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए जिससे वृष्टि ने उन्हें बाधा ना बाधा तो वासुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गहरी लहरें उठ रही हैं और सारा पाठ फैनिल हो उठा है इतने पर भी यमुना ने वासुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया ठीक उस प्रकार जिस प्रकार शेत के समय हिंद महासागर के हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था उसी तरह से जमुना ने यमुना पार की उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए थे इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा दिया इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल देने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए और तथा तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली जिससे कंस को यह पता ना चल जाए कि इतनी सारी घटना घट गड़ चुकी है माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिष्यत्पन्न हुआ है किंतु प्रसव पीड़ा के थक जाने के कारण वे प्रकार निद्रा में थी जब वे जागी तो उन्हें याद ही नहीं रहा तो पुत्र हुआ था कि पुत्री हुई थी तो पुत्री तो पुत्री, तो पुत्री इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय का भक्ति विधान पूर्ण हुआ है तो जब भी यहाँ पे ये डाउट आए कि जन्म तो इंसान का होता है तो गीता का कौन सा श्लोक याद कर लेना चाहिए जन्म करम चमे दिव्य भगवान का जन्म हुआ ये बात बिल्कुल सही है जन्म हुआ लेकिन दिव्य कोई जिस तरीके से भगवान जन्म हुआ है, वैसे सामान्य लोगों का नहीं होता और भगवान ने क्यों जन्म लिया तो पीछे हिस्ट्री बता दी भगवान ने क्योंकि वो वर मांगा था तीन बार का ठीक है तो आज बहुत अच्छा दिन है और साल में एक बार आता है ठीक है हमारा बड्डे भी साल में एक बार आता है अच्छा लगता है ना बर्थडे आता है तो है ना केक लाए ये लाए तो सोचो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा भगवान को बहुत अच्छा लगता होगा मैं एक वो उसकी अभिषेक की एक वीडियो दिखाना चाह रहा था पर चक्कर ये है ना कि इसमें इसमें 4K वीडियो चली नहीं थी लैपटॉप में मोबाइल में चल जाएगी मोबाइल में तो 4K है ना इसमें तो मैं भी देख रहा हूँ मैं इसमें करके ना अभी शेयर करता हूँ ताकि तुम लोग देख लो जो आज बनाई थी अभिषेक की वीडियो बढ़िया बनाई है मैंने कौन सी ये डाउनलोड हाँ, कर सारा प्रसाद दे देते हम तुम्हें लाके फोन तो करना चाहिए अरे यार को बताओगे नहीं आगे तो कि जहाँ सब सेवा कर रहे हैं तो बताना चाहिए ना एक सेकंड रुकना। अरे कृष्णा अरे कृष्णा अभी रिकॉर्डिंग चल रही है हाल शुरू आते हैं, देर लगे बस। अभी दस मिनट हो गए